वेलकम दोस्तों एक नए वीडियो में स्वागत है आपका और मैं हूँ बिन सला और आप हमारा देख रहे हैं जनमीना मीना बिनय ब्लॉग तो दोस्तों आज हम आपको एक हज़ार सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में अपने सब्सक्राइबर से कुछ भी नहीं छिपाएंगे और बताएंगे हमने एक हफ्ते में कैसे गेम कर दिया एक हज़ार सब्सक्राइबर तो दोस्तों बने रही वीडियो के साथ और पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों इस वीडियो में केवल एक ट्रिक आप लगानी है एक फेक व्यूज जोड़ने हैं जिससे जोड़ने हैं इससे आपके स्क्रीन दिखे तो दोस्तों आप जो है वाइट यूट्यूब ओपन कीजिए और उसके बाद में चैनल ओपन कीजिए चैनल ओपन करने के बाद आप के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और उसमें आपका जो है मैनेज वीडियो एडिट आप एडिट के फंक्शन पर क्लिक कीजिए कर तो दिया एडिट पर क्लिक और यहाँ से अपने चैनल नाम के साथ में सिर्फ एक व्यूअर जोड़ने हैं जिससे कि लोगों को देखने में लगेगा कि हम उससे से जा रहे हैं और आपका भी वीडियो वायरल हो जाएगा 100% परसेंट गारंटी लेकर बता रहे हैं तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको और आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करिए